तड़प तड़प के गुजारी है जब कई गुजारीदिया कोई सुबह की घड़ी तभी पाई है हमने और नहीं है हम पे कोई कर्ज जिंदगी तेरा हर एक की कीमत चुकाई है हमने मेरे गमों में मेरी हिस्सेदार नहीं लगती ये लड़की मेरी कहानी का किरदार नहीं लगती उसकी फिक्र करूँ तो हुकूमत बताती है उसकी फिक्र करूँ तो हुकूमत बताती है यार ये लड़की मुझे समझदार नहीं लगती कोई किसी के हक में कभी बोलता नहीं लकवा मार जाता है सबकी जबान को और होते हो जिसके फैसले गैरों के बीच में बर्बाद मान लेना उसी खानदान को बदल कर कहना होता है बदल गए हो तुम चलकर कहना होता है पिघल गए हो तुम तुम्हारा मेरा किस्सा हमारा नहीं रहा एक दूसरे के लिए हम रास बन गए खत्म हुआ वफा का धोना अब हम भी धोखेबास बन गए